हमारी दुनिया के लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कोई भी नई चीज़ अगर इंट्रोड्यूस होती है कोई भी नई चीज़ इजाद की जाती है इन्वेंट की जाती है तो उसको दुनिया के लोग बहुत ही शक की निगाह से

और उसको ख़राब मानते हुए उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और उस पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं वो ये नहीं देखते कि क्या उसके फ़ायदे हो सकते हैं हम उस अच्छी चीज़ को या फिर वो जो नई चीज़ इजाद हुई है उसको अच्छे तरीके से उसके अच्छे पहलू को कैसे यूज़ कर सकते हैं और ख़राब चीज़ों को रोक लगा सकते हैं वो सबसे पहले रोक ही लगाने की कोशिश करते हैं उस पर ठीक यही हो रहा है आज की में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर

जी हाँ इसमें इंडिया पे आरबीआई ने बैन लगा दिया है और चीन ने भी बैन लगा रखा है और बहुत सारे देश इसको बैन करने की ओर देख रहे हैं भाई जहाँ यूएस और कनाडा की बात करें तो वो इसको बैन लगाने के ऊपर नहीं है लेकिन इसको रेगुलेट करने के नजरिए से उसको देखते हैं तो यही फर्क है हम में और उनमें

क्या हम इसको बैन करें क्या इसको रेगुलेट करें तो सीधे सीधे हमारे इंडिया ने क्या किया उसको बैन कर दिया इसमें और भी देश हैं इसका मतलब ये नहीं है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया इतना ख़राब है तो आइए क्या है बिटकॉइन के ऊपर पूरा घमासान और क्यों बिटकॉइन ही हमारे पैसे का फ्यूचर हो सकता है जानते हैं इस पूरे वीडियो में हाँ दोस्तों वेलकम बैक इंडिया चाइना और रशिया ही वो तीन बड़े देश हैं जिन्होंने इसको बैन लगाया है बाकी सब छोटे छोटे देश हैं जैसे कि इक्वाडोर हो गया

और दूसरे छोटे देश हो गए इन सब छोटे छोटे देशों ने उस पे बैन लगाया है बाकी इंडिया चाइना और रशिया ही ये तीन बड़े देश हैं जिन्होंने उस पे बैन लगाया है ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ तक आगे पहुँच गया है कि उसने बिटकॉइन को एक नॉर्मल रुपए के रूप में

उसको यूज़ करना शुरू कर दिया यानी कि आप आपके पास अगर बिटकॉइन है तो आपको आप उसी तरीके से उसको एक्सचेंज कर सकते हैं आप किसी भी मैकडोनल्ड्स में जाके उसको उसी तरीके से खर्चा कर सकते हैं मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं जिस तरीके से आप अपने वॉलेट से पैसे खर्च करते हैं कैनेडा और यू में इसको रेगुलेट करने की बातें चलती हैं इसको अलग कानून में लाने की बातें चलती हैं लेकिन वहाँ पर भी कोई बिटकॉइन पर बंदिश नहीं है

ये तो छोड़िए यूरोप में जगुआर लैंड रोवर जी हाँ जिसपे हम बहुत ज्यादा हम गर्व प्राइड महसूस करते हैं कि टाटा ने जगुआर लैंड रोवर खरीदी है जो ब्रिटेन में ब्रिटेन की सबसे बड़ी कार मेकर है उसने तो बिटकॉइन

सॉफ्टवेयर उसने बन, टेस्ट करना शुरू कर दिया है कि हमारे लोग अब गाड़ी चलाएंगे जगवार की गाड़ी चलाएंगे तो उनको बिटकॉइन में हम उसको इनाम देंगे अगर वो जीरो एक्सीडेंट करते हैं अगर वो गाड़ी अपने ढंग से चलाते हैं रूल के हिसाब से चलाते हैं तो उनको बिटकॉइन में इनाम दिया जाएगा तो दुनिया में ये सब चीजें हो रही हैं और इंडिया में जब बिटकॉइन जब लहर जब पकड़ी बिटकॉइन ने तो उसको सीधे सीधे बैन कर दिया गया

यही सोच है थोड़ी प्रोग्रेसिव सोच रखने की ज़रूरत है वरना इंडिया हमेशा ही पिछड़ता रहेगा इन सब चीज़ों में अब आते हैं कि बिटकॉइन क्यों ज़रूरी है बिटकॉइन सबसे सेफेस्ट इन्वायरमेंट देता है किसी भी करेंसी को यूज़ करने के लिए उसकी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिस जिसकी वजह से यूज़ होती है वो बहुत ही सेफ सबसे सेफेस्ट इन्वायरमेंट देता है किसी भी

करेंसी को यूज़ करने के लिए यानि कि आपके अकाउंट में कोई भी झांक नहीं सकता है कोई भी उसको हैक नहीं कर सकता है। एक, phone, एक आपका फोन है लेकिन बिटकॉइन वॉलेट कभी भी हैक नहीं हो सकता है वो अनहेकेबल होता है तो इसमें खतरा कहां पर खतरा है उसकी प्राइस फ्लक्चुएशन में

बस उसकी प्राइस फ्लक्चुएशन में खतरा है तो क्या यह शेयर मार्केट में यह खतरा नहीं है क्यों इसको बैन कर दिया गया क्या शेयर मार्केट के प्राइस ऊपर नीचे नहीं होते हैं तो उसी तरीके से बिटकॉइन को भी इंडिया में लाना चाहिए इंट्रोड्यूस करना चाहिए जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम होगा और एक सेफ इन्वायरमेंट की ओर एक सेफ मनी ट्रांजेक्शन की ओर हमारा ये पहला कदम होगा

अब आप हम बाकी के देशों से देख सीख सकते हैं या फिर अपने हाथ पे धा धरे बैठ सकते हैं कि भैया जो भी चीज़ आ रही है सबसे खतरे वाली चीज़ है भैया सब सबसे खतरा है तो कुछ भी यूज़ मत करो मोबाइल यूज़ मत करो मोबाइल में भी खतरा है कंप्यूटर यूज़ मत करो कंप्यूटर में भी खतरा है आप कोई बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं कंप्यूटर से मोबाइल से उसमें खतरा है कुछ भी मत यूज़ कीजिए आगे के लिए वीडियो के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर लीजिए बाय बाय